आज जाओ आज जाना बेचैन करके मुझे जोने दुखाना बुरी बात है हम तड़पते रहेंगे यहाँ रात भर तुम तो आराम की नींद सो जाओगे कहा का इरादा तुम्हारा सनम इसके दिल को तो अदा से बहला